एजुकेशन अलमेक स्टूडेंट्स students, आमदीद वेलकम welcome on my YouTube channel एजुकेशन Education. है आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप जानते हैं कि जो लेक्चर्स मैं भी अपलोड कर रहा हूँ इस इन लेक्चर्स में हम सीमेटिक्स के हवाले से टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं प्रीवियस पाँच लेक्चर्स में हमने सीमेटिक्स की इंट्रोडक्शन को देखा लेकिन आज के इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है लैंग्वेज इन यूज़ और इसमें एक सब टॉपिक है जो कि है प्रेगमेटिक्स और आज हम इसी से स्टार्ट लेंगे और ये हमारा मेन टॉपिक होगा ये लेक्चर नंबर सिक्स है और ये लेक्चर डिलीवर हो रहा है थ्रू अल्फा एजुकेशन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो या फिर जो भी नया लेक्चर आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वो लेक्चर देख के अपने टॉपिक्स क्लियर कर सकें ये लेक्चर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इनसे फ़ायदा हो तो चलिए टाइम वेस्ट के बगैर आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो आज हम पढ़ेंगे लैंग्वेज इन यूज़ जो प्रीवियस लेक्चर्स थे द प्रिवियस लेक्चर वन टू थ्री फोर एंड फाइव डेल्ट विद द जनरल नॉलेज दैट पीपल हैव अबाउट द लैंगवेज द स्पीक यानी इस सीरीज़ में जो मैंने पांच लेक्चर्स अपलोड किए हैं समेंटिक्स के हवाले से जिसमें लेक्चर नंबर वन टू थ्री फ़ोर एंड फाइव उन पांच लेक्चर्स में हमने क्या किया वो पांच लेक्चर्स किसके हवाले से थे डेल्ट विद द जनरल नॉलेज दैट पीपल हैव अबाउट द लैंग्वेज दूज़ यानी लोगों के पास जो जनरल नॉलेज होती है लैंग्वेज के बारे में उस हवाले से वो सारे पांच लेक्चर्स थे वो जो मैंने अपलोड किए अब इन दीज लेक्चर्स वी विल लुक एट मोर एट द वी विल लुक मोर एट द स्पेसिफिक फ़ीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी अभी उन पांच लेक्चर्स के बाद जो मैं लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूँ इसमें हम क्या करेंगे हम ज़्यादातर फ़ोकस करेंगे कि मोर स्पेसिफ़िक फ़ीचर्स ऑफ कम्यूनिकेशन या कम्युनिकेशन के और कितने स्पेसिफिक फ़ीचर्स हैं हम इन पर फोकस करेंगे वी विल इंट्रोड्यूस अ डिस्टिंगशन बिटवीन अ सेंटेंस अ लैंग्वेज कंस्ट्रक्शन अ पर्टिकुलर एक्ट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग यानी हम सेंटेंस और एट्रेंस में डिफरेंस देखेंगे सेंटेंस क्या होता है एक लैंगवेज कंस्ट्रक्शन है और एक एटरेंस क्या होता है अ पर्टिकुलर एक्ट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग तो हम सेंटेंस और एटरेंस में डिफरेंस भी देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में इसी के साथ इन स्पोकन डिस कोर्स मीनिंगस आर पार्टली कम्युनिकेटेड बाई द एम्फेसिस एंड मेलोडीज़ देट आर कॉल प्रोजिडी इन स्पोकन डिसकोर्स में हमारे पास मीनिंग्स पार्टली कम्युनिकेट होते हैं किन चीज़ों से एम्फिस से और मेलोडी से इन जो हम स्ट्रेस देते हैं हम टोन में राइज और अप करते हैं जिसको इंटरनेशन कहते हैं इन सारी चीज़ों से भी हमारे पास मीनिंग्स कन्वे होते हैं और ये सारी चीज़ें आती हैं प्रोजिडी में अब वोकल एंड जेस्टुरल साइंस ऑल्सो भी दीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग मीनिंग्स इसी तरह जो हमारे पास जेस्टर्स होते हैं जिन, जिनको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में काउंट किया जाता है इनसे भी हमारे पास मीनिंग्स कन्वे होते हैं अब चलते हैं प्रेगमेटिक्स पर जैसे कि मैंने बताया कि आज हम लैंग्वेज इन यूज को तो स्टार्ट करेंगे लेकिन उसमें से जो पहला टॉपिक है वह है प्रेगमेटिक्स अब प्रेगमेटिक्स और सीमेंटिक्स ये दोनों क्या हैं मतलब सीमेटिक्स तो स्टडी ऑफ़ मीनिंग है और प्रैग्मेटिक्स को भी स्टडी ऑफ मीनिंग कहा जाता है लेकिन ये उससे डिफरेंट है प्रैग्मेटिक्स इज़ अनदर ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट इज़ कंसर्न्ड विद मीनिंग यही ये भी मीनिंग के साथ कंसर्न है लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको भी हम डिस्कस करेंगे प्रेगमेटिक्स एंड सीमेंटिक्स कैन बी व्यूड एज डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम जनरल स्टडी मीनिंग यानी अगर प्रैग्मैटिक्स और सिमेंटिक्स को देखें तो ये दोनों क्या हैं ये डिफरेंट पार्ट्स या फिर डिफरेंट एस्पेक्ट्स है किस चीज़ के एक सेम जनरल स्टडी के और वो सेम जनरल स्टडी क्या है मीनिंग यानी सिमेंटिक्स और प्रैग्मैटिक्स मीनिंग की स्टडी के दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मैटिक्स डिफर इन सेवरल वेज़ यानी अगर हम सिमेंटिक्स और प्रगमेटिक्स को देखें तो ये काफ़ी वेज में एक दूसरे के साथ डिफर करते हैं सीमेटिक्स इज़ कंसर्न विद द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेज इन आइसोलेशन यानी अगर सीमेटिक्स को देखें तो सीमेंटिक्स किस चीज़ के साथ कंसर्न होती है जो मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेज है इन आइसोलेशन यानी हम सीमेटिक्स में वर्ड्स एंड सेंटेंसेज की मीनिंग को, मीनिंग को देखते हैं लेकिन किस में आइसोलेशन में वाइल प्रगमेटिक्स इज़ कंसर्न विद हाउ लैंग्वेज इज़ यूज इन कॉन्टेक्सट टू कन्वे मीनिंग लेकिन प्रेगमेटिक्स जो है ये किस चीज़ के साथ कंसर्न है इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं कि लैंग्वेज को एक कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज़ किया जाता है मीनंग को कन्वे करने के लिए सीमेंटिक्स में वर्ड्स और सेंटेंसेज की मीनिंग को आइसोलेशन में देखा जाता है जबकि प्रेगमेटिक्स में हम य चीज़ देखते हैं कि एक लैंग्वेज को एक कॉन्टेक्सट में कैसे यूज़ किया जाता है कि वो मीनिंग कन्वे करें इसके साथ सीमेंटिक्स फोकस ऑन लिटरल मीनिंग ऑफ़ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, वाइल प्रेगमेटिक्स लुक्स एट द ब्रॉडर कम्युनिकेटिव गोल्स ऑफ स्पीकर्स एंड द सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन लैंग्वेज यूज़ यानी समेंटिक्स वर्ड्स एंड सेंटेंसेस की लिटरल या फिर डिक्शनरी मीनिंग को फोकस करती हैं जबकि प्रेगमेटिक्स में हम देखते हैं कि एक स्पीकर के जो ब्रॉडर कम्युनिकेटिव गोल्स होते हैं और इसी तरह एक सोशल और कल्चरल इन्फ्लुंस लैंग्वेज पर क्या होता है इन चीज़ों को हम प्रेगमेटिक्स में डिस्कस करते हैं अब हम चलते हैं कि चीफ़ फोकस ऑफ़ प्रैग्मेटिक्स यानी प्रैग्मेटिक्स किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती हैं द चीफ फोकस ऑफ प्रेगमेटिक्स इज़ अ परसनस एबिलिटी यानी असल में प्रैग्मेटिक्स है क्या कि ये जो पर्सन है उसकी एक है किस कैसी एबिलिटी टू डराइव मीनिंग फ्राम द स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्पीच सिचुएशन यानी प्रैग्मेटिक्स असल में क्या है कि एक स्पीकर्स की एबिलिटी है कि वो क्या करता है टू डिराव मीनिंग्स फ्राम स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्पीच सिचुएशन यानी एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्पीच सिचुएशन से एक पर्सन कैसे मीनिंग डराइव करता है इस एबिलिटी को डिस्कस करते हैं हम रैथमेटिक्स में इसी तरह टू रिकोगनाइज़ वर्ट द स्पीकर इज रेफर टू यानी एक स्पीकर किस चीज़ की तरफ रेफर करता है इस चीज़ को रिकोगनाइज़ करने की जो एबिलिटी है ये हम डिस्कस करते हैं प्रैग्मैटिक्स में और उसके बाद टू रिलेट न्यू इन्फॉर्मेशन टू वट हैज़ गॉन बिफोर यानी जो हमारे पास न्यू इन्फॉर्मेशन आती है और जो हमारे पास प्रीवियस इन्फॉर्मेशन हो चुकी है लाइक हमारे माइंड में आ चुकी है या फिर हमें ट्रांसफ़र हो चुकी है उस इंफॉर्मेशन के साथ न्यू uh, इन्फॉर्मेशन को रिलेट करना इस एबिलिटी को भी डिस्कस किया जाता है प्रैग्मैटिक्स में इसी तरह टू इंटरप्रेट व्हाट इज़ सेट फ्रॉम बैकग्राउंड नॉलेज अबाउट द स्पीकर एंड द टॉपिक ऑफ़ डिस्कोर्स एंड टू इनफर और फिल इन इन्फॉर्मेशन दैट द स्पीकर टेक्स फॉर ग्रांटेड एंड डजन बोदर टू से साथ साथ एक स्पीकर के uh, लाइक जो उसने स्पीकर uh, की जो बैकग्राउंड नॉलेज है uh, उस नॉलेज की बेसिस पे उसके मैसेज को इंटरप्रेट करना ठीक है टू इंटरप्रेट वाट इज सेट फ्राम द बैकग्राउंड नॉलेज अबाउट द स्पीकर एंड द टॉपिक ऑफ डिस कोर्स जो चीज़ हमारे सामने है जिस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस चीज़ को समझने के लिए जब हम एक स्पीकर के बैकग्राउंड नॉलेज को लेते हैं और इसको इंटरप्रेट करते हैं ये एबिलिटी भी प्रेगमेटिक्स में डिस्कस होती है और इसी तरह टू इंफर और फिल इन इंफॉर्मेशन डेट द स्पीकर टेक्स फॉर ग्रांटेड एंड डजेंट बोडर टू से और इसी तरह हम वो चीज़ जो इन्फर करते हैं जो कि स्पीकर बाज़ात लाइक uh, like, वो uh, कभी कभार कुछ बातें नहीं कहता ठीक है और हम उसके कहीं हुई बातों के बग़ैर कुछ इंफॉर्मेशन को इन्फर करते हैं या फिर फिल इन करते हैं इस एबिलिटी को भी प्रेगमेटिक्स में डिस्कस किया जाता है प्रेगमेटिक्स सिंपली एक अगर हम बिल्कुल शॉर्ट करके मैं आपको बताऊं तो प्रेगमेटिक्स क्या है कि ये एक स्पीकर की एक पर्सन की एबिलिटी होती है कि वो किस तरह से मीनिंग को डराइव करता है एक स्पेसिफ़िक काइंड ऑफ स्पीच सिचुएशन से अब जैसे कि हमने डिस्कस किया कि सीमेंटिक्स और प्रेगमेटिक्स ये दोनों ही मीनिंग को डिस्कस करते हैं अब ओब्वियसली द बाउंड्री बिटवीन सीमेंटिक्स एंड प्रेगमेटिक्स इज़ वेग एंड एट द प्रेजेंट टाइम वेरियस स्कॉलर्स आर एप्ट टू डिसएग्री अबाउट वेयर द बाउंड्री इज यानी सीमेंटिक्स और प्रेगमेटिक्स दोनों को अगर देखा जाए तो इनके बीच की जो बाउंड्री है वो वेग है यानी हमें नहीं पता चलता कि अगर हम जब हम मीनिंग को डिस्कस करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हम सीमेंटिक्स के हवाले से डिस्कस करें या फिर प्रेगमेटिक्स के हवाले से लेकिन आजकल कल ज़्यादातर स्कॉलर इस बात के साथ भी डिसग्री कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कोई बाउंड्री है भी यानी वो सीमेंटिक्स और प्रेगमेटिक्स को एक ही क्लास में काउंट करते हैं इनको एक ही कैटेगरी में रखते हैं लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि सीमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स को डिस्क्रिमिनेट करते हैं या फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं अब डिफरेंस बिटवीन सीमेटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री है वो वेग है दोनों मीनिंग को डिस्कस करते हैं सीमेंटिक्स लिटरल मीनिंग पे जाते हैं जो कि एक सेंटेंस के लिटरल मीनंग होते हैं लेकिन प्रेगमेटिक्स एक पर्सन की एबिलिटी है कि वो मीनिंग कैसे डिराइव करता है एक लैंग्वेज के यूज़र के Uh, कई भी बात से या फिर जो भी सेंटेंसेस हो जो भी एफ्रेंस हो अब हमारे पास एग्जांपल नंबर वन है और एग्जांपल नंबर वन में है आई एम स्टार्विंग। अगर हम इन एग्जांपल को सीमेंटिक्स और प्रेगमेटिक्स के व्यू से देखें तो हमें सीमेंटिक्स और प्रेगमेटिक्स में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल है आई एम स्टाविंग सीमेटिक्स में अगर हम इसको देखें तो अबाउट स्पीकर स्टेट ऑफ हंगर यानी ये सेंटेंस हमें सिर्फ ये बता रहा है कि देर इज़ अ पर्सन लाइक मैं हूँ और स्पीकर के स्टेट को बता रहा है कि वो एक्सट्रीमली uh, हंगरी uh, है या फिर उसके स्टेट ऑफ हंगर को बता रहा है कि हाँ आई एम स्टाविंग इट मीन्स द स्पीकर इज़ स्टाविंग लेकिन प्रेगमेटिक्स में क्या होगा कि इट इज़ ए रिक्वेस्ट फॉर फूड आर आ डिज़ायर टू ईट सोन प्रेगमेटिक्स में अगर हम इस चीज़ को देखें तो इसका मतलब ये निकलता है कि एक स्पीकर जो है जैसे मैं एक स्पीकर हूँ और मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूँ तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फूड के लिए या फिर मैं एक डिज़ायर रखता हूँ कि मैं जल्दी से कोई चीज़ खाऊँ तो सिमेंटिक्स जैसे हमने कहा था कि वो लिटरल मीनिंग पे जाती हैं लेकिन प्रैग्मेटिक्स क्या है कि हम उसके इंटेंडेड मीनिंग को डिस्कस करते हैं एग्जांपल नंबर टू है कैन यू पास द साल्ट कैन यू पास द साल्ट? सिमेंटिक्स में अगर हम देखें तो इट इज़ अ क्वेश्चन दैट आस्क इफ़ द लिसनर इज़ कैपेबल ऑफ पासिंग द सॉल्ट यानी सीमेंटिक्स में अगर इस चीज़ को देखें तो ये सिंपल सी एक बात है कि ये एक बंदे को या फिर एक इंसान को पूछा जा रहा है कि क्या वो इस कैपेबल है कि वो सॉल्ट uh, को पास कर सकें लेकिन सीमेंटिक्स में क्या है इट इज़ अ पुलाइट रिक्वेस्ट टू पास द सॉल्ट यानी सीमेंटिक्स में तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्या वो जो लिसनर है वो इसकेपबल है कि वो सॉल्ट पास पास कर सके या नहीं लेकिन प्रेगमेटिक्स में ये एक पुलाइट से रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट है एक लिसनर से कि वो उस साल्ट को पास करे यानी वो उसको पास कर दें और उसको दे दें तो इस तरह सीमेंटिक्स और प्रेगमेटिक्स की डिफ्रेंसिस को हम ईज़िली समझ सकते हैं इन दो एग्जाम्पल से आई एम स्टाविंग एंड Uh, can you pass the salt? अक्सर अगर हम uh, खाने की टेबल पे हो और हमें किसी से कोई ग्लास मांगना हो तो हम कहते हैं कैन यू पास द्लास तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसकी एबिलिटी को पूछना चाह रहे हैं कि क्या वो इसकेपेबल है या नहीं <coughs> असल में हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वो चीज़ हमें पास ऑन की जाए तो ये था आज का लेक्चर स्टूडेंट्स अगर आपको लेक्चर की समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और ये चैनल अपने ये लेक्चर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो इन नेक्स्ट लेक्चर में हम लैंग्वेज इन यूज़ के सेकंड सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे और